जूर इस्लाम ने फरमाया कि मुझे यह बात बड़ी पसंद है कि मेरी उम्मत मुझ पे पड़े और मेरा रब उनके ऊपर ऊपरों का नजूल करे हुजूर को यह बात बड़ी पसंद है मैं सोच में पड़ गया यार। हुजूर को क्या पसंद है मेरा उम्मत ही मुझ पे दरूद पड़े और मेरा रब मेरे ऊपरों का नजूल करे खुद फरमाया जिसने मुझ पर एक मरतबा दरुद पढ़ा अल्लाह उसके ऊपर दस मरतबा का मुझे बताएं का माना कहें सादा सा ये है जब अला मुहम्मद अलैहि ऐ अल्लाह अपने नबी के ऊपर रहमत का यही सवाल करते हैं हम ये अर्ज करते हैं अल्लाह अपने नबी के ऊपर रहमत का नजूर अब रब की वार्ग में ये सवाल कि अपने महबूब परमा किस महबूब पर जिनको पहले रहमत बना के भेजना किस महबूब पर जिन पर रब रब होकर रहमतों का नजुल फरमा रहे हैं